हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग आई होप बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो PUBG मोबाइल जो है उसका नया अपडेट आया है उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रही है जो डिवाइस लैग कर रहा है उसका सोल्यूशन आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देख लेना तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखो लेक करने का पहला कारण तो यही है कि आपकी जो डिवाइस है वो फुल स्टोरेज पर ना हो आप सिंपली क्या करो फाइल मैनेजर में जाओ और वहाँ देखो कि आपकी डिवाइस कितना भरी हुई है ऐटलीस्ट आपको ट्वेंटी से लेकर के थर्टी परसेंट तो उसका खाली होना ज़रूरी है मेरे हिसाब से और अगर फोर्टी या फिफ्टी परसेंट हो तो बात ही क्या फिर तो पहले जाकर अपनी जो स्टोरेज है उसको आप क्लियर करो थोड़ा बहुत मैंने आने वाली फ़ाइल उनको डिलीट करो सबको क्योंकि उनसे भी कई बार जो है वो आपका फ़ोन ले लगता है एंड सेकेंड चीज़ ये है कि जो नया अपडेट आया है पबजी मोबाइल का उसकी वजह से ये हो रहा है तो मैं आपको एक दूसरी ट्रिक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको कुछ नहीं करना है बस सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है अपने फ़ोन में जो वो प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और उसके अंदर जो लिखना है कि जी एफ़ एक्स टूल जो कि पबजी के लिए होता है तो जी टूल आपको सिम्पली क्या करना है इसको इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में कई लोगों का ये भी होता है कि इससे जो है पबजी आई बैन हो जाएगी ये हो जाएगा इससे कुछ नहीं होगा तो इसको आपको जो सिंपली अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है और इसको ओपन करना है इसके बाद में ये कुछ अलाउ करने के लिए बोला गया तो आपको इसको अलाउ कर लेना और यहाँ पर देखो वर्जन आप जो वर है वो सिलेक्ट करना मैं यहाँ पे ग्लोबल वर्जन सिलेक्ट कर रहा हूँ आप जो है के आर वर्जन या फिर कोई दूसरा भी कर सकते हो तो अब जो है इसकी वो सेटिंग है वो मैं बता रहा हूँ वैसे, वैसे वैसे आप कर लेना तो पहले चलते इसके रेजोल्यूशन पर जो कि हमको लो से लो रखना है तो हम सेवन और थर्टी टू ये वाला इतना कर देते हैं लो से लो रखना है ग्राफिक्स को भी हमको जो है वो स्मूथ करना है जिससे कि लैग ना हो और ये जो आप ये ए जो है वो आप फोर्टी या सिक्सटी जो आप चाहो वो रख सकते हो मैं यहाँ पे सिम्पली सिक्सटी सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो एंटी सिलिंग इसको है आप टू एक्स इसको करना है अब और ये क्या है अब बाकी जो है इनको लो करना लो करते रहना आपको। जितने है आपको जितनी भी चीज़ें लो लो कर दो आप और मैं देखता हूँ और भी इसमें एक कलर फॉर्मेट जो है इसको कलर फॉर्मेट का बता देता हूँ आपको इसको थर्टी टू बीट रखना है इसको ज़्यादा नहीं करना इसको थर्टी टू और बाकी जितनी भी इन इन सब को लो लो पे सिलेक्ट कर दो और इस लाइट इफेक्ट को मैं लो के ऊपर सिलेक्ट कर देता हूँ और एक ग्राफिक्स ए इसको आप डिफ़ल्ट ही रहना तो इसका तो कुछ नहीं और ये नीचे जो जी पी उ उ इसको आपको क्या, तो क्या आपको डिफ़ॉल्ट इसको भी कर देना आई थिंक और ये जीपीयू ऑप्टिमाइजेशन को आपको इनेबल करना और साउंड जो क्वालिटी है वो आप कितनी भी करो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और वाटर जो रिफ्लेक्शन है उसको डिसेबल करना आपको और सेव कंट्रोल इसको इनेबल करना इसको इनेबल करना मत बोलना सेव कंट्रोल को यह बहुत ज़रूरी है इसके बाद में आपको एक्सेप्ट कर देना और रन गेम पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका गेम चालू हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के आई आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो इसको लाइक करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें थैंक यू